यूं तो इतिहास में अब तक बहुत से अजीबोगरीब परीक्षण किए जा चुके हैं जैसे कि आत्मा का वजन मापना या फिर मृत इंसान या जानवर को जीवित करना अगर आपको एक दिन के लिए बिना सोए गुजारने के लिए कह दिया जाए तो अगले दिन आपका सर भारी होने लगेगा आपकी क्या हालत होगी ये आप समझ ही सकते हैं और इसके अगले दिन आपको सारा दिन थकावट महसूस होने लगेगी यूँ तो हमें हर रोज कम ऐसी कम छह घंटे की नींद लेनी ही चाहिए लेकिन क्या हो अगर आपको 30 दिनों तक सोने ही न दिया जाए इस बात की आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते ऐसा ही एक परीक्षण 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ में बंदी बनाए गए पांच कैदियों पर किया गया था हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इस एक्सपेरिमेंट को मजबूरन बंद कर दिया गया आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस परीक्षण को पूरा होने से पहले ही उन कैदियों को जान से मारना पड़ा मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही एक परीक्षण के बारे में जिसने इंसान को एक हैवान में तब्दील कर दिया हम बात कर रहे हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की यह घटना सन 1940 की है जब सोवियत संघ ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए पांच कैदियों को चुना था इस परीक्षण में उन कैदियों को 30 दिन के लिए एक कमरे में बंद किया जाना था और ये शर्त रखी गई कि अगर वह तीस दिनों तक बिना सोए इस परीक्षण को सफलता कर लेते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा साथ ही साथ जिस कमरे में उन कैदियों को रखा गया था वहा उनके खाने पीने का सामान और मनोरंजन के लिए कुछ किताबें जैसी सहूलत उपलब्ध करवाई थी उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे इसलिए उस कमरे में दो वन वे मिरर और एक माइक्रोफोन लगाया गया जिससे उन कैदियों की हलचल पर नजर रखी जा सके साथ ही साथ उस कमरे में ऑक्सीजन के साथ एक ऐसी गैस छोड़ी गई जिससे उन कैदियों को नींद ना आ सके लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये परीक्षण आगे जाकर एक भयानक रूप धारण कर लेगा शुरू के चार दिन सब कुछ सामान्य रहा लेकिन पांचवे दिन स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। जब एक कैदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा वह इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके गले की वोकल कॉर्ड तक फट गयी लेकिन उसके ऐसे बर्ताव ऐसी बाकी कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ा इसी तरह बाकी कैदियों की भी हालत बिगड़ने लगी जो गैस उस कमरे में छोड़ी गई थी उसका असर अब दिखना शुरू हो गया था उन कैदियों को कोई देखना ले इसलिए उन्होंने कमरे में रखी उन किताबों के पन्नों को फाड़कर अपने खून से उस मिरर पर चिपका दिया इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले शोधकर्ता धीरे धीरे उस गैस की मात्रा को बढ़ाने लगे कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब सी बड़बड़ाने की आवाजें आती रही जो की बाद में बंद हो गयी रिसर्चर्स को पहले ऐसा लगा कि शायद माइक्रोफोन में कुछ खराबी है क्योंकि लगातार ऑक्सीजन के हो रहे प्रयोग से साफ पता चल रहा था कि वे पाँच कैदी अभी भी जिंदा हैं। लेकिन जब कुछ दिनों बाद कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई, तो शोधकर्ताओं ने घबरा कर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला किया अंदर का माहौल देखने के लिए उन्होंने ये ऐलान किया की कि सभी कैदी दरवाजे ऐसी दूर हट जाए हम अंदर माइक की जाँच करने के लिए दरवाजा खोलने लगे है अगर कोई भी कैदी सामने आया तो उसे गोली मार दी जाएगी तभी अंदर से एक आवाज आई जिसमें एक कैदी ने कहा कि अब हम आजाद नहीं होना चाहते हम यही रहना चाहते हैं। ये बात सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए लेकिन उन्होंने कैदियों की बात को नजरअंदाज किया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का माहौल देख उनके पैरों तले जमीन निकल गई उस कमरे में चारों तरफ खून ही खून पड़ा था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े थे जिसे वे खा रहे थे कुछ कैदी फर्श पर पड़े मांस के टुकड़ों को खा रहे थे, लेकिन कैदियों को जो खाना दिया गया था उसे उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया नज़ारा अपने आप में दिल दहला देने वाला था उन कैदियों का इलाज करने के लिए जब उन्हें इस कमरे से बाहर हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा तो वह सभी चीखने चिल्लाने लगे और कहने लगे की उन्हें वापस इसी कमरे में दाखिल किया जाए अब वे यही रहना चाहते हैं डॉक्टर्स ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और जब उन्हें बेहोश करने के लिए मॉरफिन का एक इंजेक्शन लगाया तो उसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा था यह नज़ारा बेहद चौंका देने वाला था आपको बता दें कि इंसान को बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का केवल एक ही इंजेक्शन काफी होता है लेकिन ना जाने ये जहरीली गैस इन कैदियों के दिमाग पर क्या असर कर गयी जिससे इन पर मॉरफीन का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें मारफीन के आठ इंजेक्शन लगाए लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ बल्कि वो कैदी ये कहने लगे कि उनका ऑपरेशन उन्हें होश में रखकर ही किया जाए क्योंकि दर्द में उन्हें मजा आने लगा है और साथ ही साथ वह उस कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे ऑपरेशन के दौरान उन पाँच में ऐसी तीन कैदियों की मौत हो गयी लेकिन इसके बावजूद सोवियत संघ के चीफ कमांडर ने इस परीक्षण को जारी रखने का आदेश दिया जैसा कि हमने आपको बताया था कीमरे में बंद कर दिया गया लेकिन उनकी हालत को देखते हुए रिसर्चर्स काफी घबरा गए और इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की मांग करने लगे लेकिन चीफ कमांडर के आदेश से वह ऐसा नहीं कर सके इस बार उन दो कैदियों की निगरानी करने के लिए उनके साथ तीन और रिसर्चर्स को भेज दिया गया उन कैदियों की हरकतों को देखकर एक रिसर्चर इस कदर घबरा गया कि उसने तंग आकर एक कैदी से पूछा कि आखिर तुम कौन हो इस पर वो कैदी जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मैं तुम्हारे अंदर की ही एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते मैं वो हूँ जिससे डर तुम रातों को सो जाते हो मैं तुम्हारे अंदर का वो शैतान हूँ जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो, हो उस उस कैदी की ये बातें सुनकर, रिसर्चर इस कदर हो गया कि उसने अपनी निकालकर चीफ कमांडर को और अपने साथी रिसर्चर्स के साथ उन दोनों कैदियों को गोली मार दी आखिर में उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली जिससे यह एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए बंद हो गया और दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गया काफी लंबे समय तक इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई को लोगों से दूर रखा गया लेकिन साल 2009 में दो .विकी नाम की वेबसाइट पर एक अज्ञात व्यक्ति ने दुनिया के सामने इस परीक्षण का खुलासा किया जिसके बाद लोगों के बीच काफी बवाल मचा रूस की सरकार से जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को तुरंत टाल दिया और कहा कि यह किसी मानसिक रूप से बीमार लेखक की मनगढ़ंत कहानी है और इस पर भी करने से साफ मना कर दिया इस एक्सपेरिमेंट में जो गैस इस्तेमाल हुई जिसने उन कैदियों को इंसान से हैवान बना दिया और अंत में उनकी जाने ले ली उसके बारे में आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया है आपको क्या लगता है क्या रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट वाकई में हुई थी या फिर ये एक मन अफवाह है हमें कॉमेंट में जरूर बताए वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए